आज मैं आपको ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहस्य बताता हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है अपनी उम्र को और कमाई को हमेशा छिपाइए चाहे कोई भी आपसे पूछे दूध को हमेशा खड़े होकर पीजिए दवाई और पानी को हमेशा बैठकर पीजिए खुद की बुराई को और दूसरों की बुराई को हमेशा भूल जाइए घर में चीज़ उतनी ही लाइए जितना काम आए जुबान को हमेशा संभालकर और थोड़ा बहुत पहचान कर हमेशा दुख में पहले और सुख में बाद में किसी के पास जाइए